हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर तो दोस्तों आज हम हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपको शायद आज तक पता नहीं होगा तो फर्स्ट पर जो हिमाचल का ब्यूटीफुल प्लेस है वो है मनाली तो दोस्तों मनाली में काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे पैराग्लाइडिंग होगी राफ्टिंग होगी पिक्चर के लिए जैसे हीली एरिया हो गया तो ये काफ़ी अट्रैक्शन वाला एरिया है मनाली काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं हर साल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं तो यहाँ पर मनाली में काफ़ी वाटर हैं राइवर्स हैं बाकी लोकेशन बड़ी अच्छी है पैराग्लाइडिंग होती है ट्रैकिंग होती है एडवेंचर्स होती है राफ्टिंग होती है हाइकिंग होती है तो दोस्तों मनली अपने आप में एक अद्भुत प्लेस है और दूसरा प्लेस है हिमाचल प्रदेश का वह है कसोल कसोल के बारे में तो शायद आप सभी जानते होंगे कसोल है जो हिमाचल ऑल इंडिया का है जो है लोकतांत्रिक प्रदेश है जहाँ पर कोई भी जो है लॉ नहीं चलता है सिंपल सी लैंग्वेज में बोले कोई भी लॉ नहीं चलता तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ आई जाती है वाटरफॉल्स हैं ट्रैकिंग है हाइकिंग है कैंपिंग होती है बाकी चार्मिंग कैफ़ेज़ हैं काफ़ी यहाँ पर रेस्ट हाउस हैं काफ़ी यहाँ पर मंदिर है मणिकर्म साहेब का यहाँ पर जो है अपना टेंपल है गुरुद्वारा है तो ये थर्ड प्लेस में आता है दोस्तों शिमला शिमला हिमाचल प्रदेश का जो है राजधानी भी है और क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है हमारे शिमला को तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का ये भी काफ़ी लोकप्रिय जो है प्लेस है तो ये काफ़ी अपने आप में एक अद्भुत प्लेस है तो यहाँ पर चर्च हो गई यहाँ पर होली लहोज हो गया यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है और काफ़ी प्रकार का जो है जंगल है जो आपने अद्भुत उसको बिखेरता है कला को और काफ़ी तरह के यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ होती है फनिंग के लिए ट्रैकिंग एडवेंचर सारा कुछ होता है दोस्तों यहाँ पर भी और फोर्थ प्लेस है अपना धर्मसाला धर्मसाला में जो है काफ़ी काफ़ी जो है सोर्सेज प्रचलित हैं जैसे माइस्ट्री और राइवर्स और स्नो वाटर्स इत्यादि थैंक यू